करते हैं क्लास जो काफी आपको, आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी अगर आप लोग चैनल पे विजिट करेंगे तो, तो देखिये आज हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं मूल कर्तव्यों के बारे में तो देखिये हमने बहुत सारा सेक्शन है वो कवर कर लिया है तो आज हम लोग मूल कर्तव्य है पूरा का पूरा कवर कर लेंगे जो कि आपको आर्टिकल इक्यावन ए में ही देखने को मिलेंगे तो हम लोग देखेंगे पहली बार संशोधन किया गया था तो इसमें ऐड किया गया था और दूसरी बार संशोधन करके एक और इसमें आ, आर्टिकल मतलब इसमें एक छोटा छोटा सा जोड़ा गया था तो सब कुछ हम लोग करेंगे साथ में हम लोग पीटी के साथ में मीन्स का भी हम लोग पर बात करेंगे तो जैसे कि आप लोग क्वेश्चन को देख सकते हैं स्क्रीन पर भी इन भी क्वेश्चन का आपको आंसर पता चलेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको यहाँ पर पता चलेगी देखिए कुछ तो ऐसे क्वेश्चन होते, होते हैं की मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है मूल कर्तव्य तीसरे लाइन क्या है चौथी लाइन क्या है पांचवी लाइन क्या है इस तरह से पूछे जाते हैं लेकिन वो वनडे एग्जाम में या फिर पीसीएस में पूछे जाते हैं आई में पीटी में अगर देखने को मिलेंगे तो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बेस क्वेश्चन आता है तो उनको पढ़ने के लिए उनको सोल्व करने के लिए आपको एक क्लास करना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं तो आपको स्टार्ट करते हैं और हाँ एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बिजन के इंग्लिश के टेस्ट पेपर हम नहीं सेंड कर पाए थे क्योंकि हम मार्केट से नहीं लेके आए थे वो भी अब हमने सेंड कर दिए आप लोग जाकर के इनको डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप लोग टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं तो आप लोग आराम से इनको डाउनलोड कर सकते हैं हमने अलग से एक ग्रुप बनाया है इस ग्रुप में जा करके आप लोग ज्वाइन हो जाइए अगर नहीं ज्वाइन है तो आप लोग कमेंट कर दीजिए आप लोग को तो लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा इस ग्रुप का ये टेलीग्राम ग्रुप है यहाँ पर आप लोग सिंपली जा करके डाउनलोड कर सकते हैं जैसे कि देखिए यहाँ पर यहाँ पर जो स्पीड है वो भी आगे है स्पीड गेमर करके और नमीन है वो भी आगे है गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग कैसे और आप लोग कैसे है एक सेकेंड हमारा मोबाइल थोड़ा सा रुक गया है क्या ये ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को जो कि काफी महत्वपूर्ण आपको देखने को मिलेगी तो चलिए डालिए मौलिक कर्तव्य तो मौलिक कर्तव्य में आपको बहुत कुछ नया जानने को यहां पर मिलने वाला है तो हेडिंग डालिए मौलिक कर्तव्य मौलिक कर्तब्य ओके जिसको फंडामेंटल ड्यूटी के नाम से भी आप लोग जानते होंगे इसको आज हम लोग देखेंगे जो फल ड्यूटी है उन फंडामेंटल ड्यूटी को हमारे संविधान में पहले जगह नहीं दी गई थी बाद में आपातकालीन का समय आया आप, आप लोग जानते हैं कि इंदिरा गांधी के काल में आपातकाल लगा था तो आपातकाल के समय महसूस हुआ गवर्नमेंट के लिए की नागरिकों के नागरिकों के लिए उनके कर्तव्यों को भी बताना जरूरी हो जाता है तो कर्तव्यों को कैसे बताएंगे तो इसलिए संविधान में बयालीसवा संविधान संशोधन किया गया और बयालीसवां संविधान संशोधन करके यहाँ पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया जब फर्स्ट टाइम मौलिक कर्तव्यों को इसमें जोड़ा गया बयालीसवें संविधान संशोधन के द्वारा तो सिर्फ और सिर्फ दस मौलिक कर्तव्यों को ही एड किया गया था तो हम लोग देखते हैं कैसे इसका विकास क्रम चला किस तरह से यहां पर ये सारी चीजें तो आपको एकदम स्टार्टिंग से यहां पर बताते हैं वैसे देखिए अगर हम फंडामेंटल ड्यूटी की बात करें अगर हम फंडामेंटल ड्यूटी की बात करें तो ये आपको जो पार्ट नंबर मतलब भाग या फिर आप लोग इंग्लिश में आप लोग पार्ट बोल सकते हैं हिंदी में भाग बोल सकते हैं कोई समस्या वाली बात नहीं है आपको फोर्थ ए में आपको देखने को मिलेगा जैसे कि देखिए अभी हम लोग देखे थे तो देखिए जैसे भाग तीन में क्या था जैसे कि हम आपको बताए थे देखिए भाग तीन में यहाँ पर फंडामेंटल राइट को बताया गया मौलिक अधिकारों को बताया गया यानी कि यहाँ पर नागरिकों के अधिकारों के बारे में बताया गया वही देखिए फिर एक और भाग आपको देखने को मिलेगा भाग चार इसमें क्या बताया गया था राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि यहां पर आपको देखने को मिलेगा डी पी एस पी को बताया गया देखिए यहां पर राज्य के कुछ कर्तव्य हैं उनके उनके बारे में बताया गया था राज्य के कुछ कर्तव्य होंगे वो उनके बारे में बताया गया यहां पर नागरिकों के अधिकारों के बारे में बताया गया नागरिकों के अधिकारों के बारे में बताया गया और वही आपको देखने को मिलेगा कि इसी में देखिए ये जो भाग था भाग चार इसी में एक और भाग जोड़ा गया ओके इसके बाद आपको एक और भाग देखने को मिलेगा भाग चार ए अरे सिक्स ए लिख दिया हमने सॉरी भाग चार ए आपको देखने को मिलेगा ओके चार ए, ओके तो चार ए में क्या जोड़ा गया मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा गया फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा गया अब इसमें किसके कर्तव्य बताया गया देखिए जहां डीपीएस में राज्य के कर्तव्यों को बताया गया वहीं फंडामेंटल आ, आपको फंडामेंटल ड्यूटी में नागरिकों के कर्तव्यों को बताया गया नागरिकों के कर्तव्यों को बताया कि नागरिकों के भी कुछ कर्तव्य होंगे ये बताया गया लेकिन इसे हमारे मूल संविधान में शामिल नहीं किया गया तो चलिए देखते हैं कौन सा विकास क्रम चला था क्या क्या घटनाएं हुई थी जिस कारण की आवश्यकता महसूस हुई तो आप लोग जानते हैं है, समय था ये 1970 सौ का दशक का समय था 1970 का दशक था इस समय आप लोग जानते हैं कि इंदिरा गांधी की सरकार थी इंदिरा गांधी की सरकार थी और इस समय देश में काफी अजारकता जैसी फैली स्थितियां फैली हुई थी बहुत बहुत ज्यादा Uh, मतलब कानून व्यवस्था थी वो थोड़ी सी उलझ गई थी जिस कारण इंदिरा गांधी को देश में इमरजेंसी लगानी पड़ी आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर 1975 से 1977 के बीच में आपातकाल की घोषणा की गई आपातकाल की घोषणा की गई देखिए यही आपातकाल का जो समय था ना यही आपातकाल के समय गवर्नमेंट को महसूस हुआ कि नागरिकों की कुछ कर्तव्य होने चाहिए कुछ ड्यूटी होनी चाहिए उन कर्तव्यों का निर्धारण होने करना चाहिए तो आखिर ये कर्तव्य कहाँ बताए जाएं तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर गवर्नमेंट को सरकार को महसूस हुआ महसूस हुआ कि नागरिकों को जो तो नागरिक है तो नागरिकों को उनके कर्तव्यों से कर्तव्यों से रूबरू कराया जाए अब देखिए इनके कर्तव्यों को कहा बताया जाए तो इसके लिए एक समिति का गठन किया जाता है जिसको बोलते हैं सोर समिति अब सोर समिति का कार्य क्या होता है कि संविधान के अंदर कौन कौन से मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया जाना चाहिए उसकी अनुशंसा करनी थी तो यहाँ पर किसकी आवश्यकता हुई एक समिति की आवश्यकता हुई तो गवर्नमेंट ने एक समिति का गठन किया यानी कि कांग्रेस की समय सरकार की इंदिरा गांधी से संबंधित है कांग्रेस से संबंधित है तो कांग्रेस की तो सरकार थी उसने सोर सिंह समिति का गठन किया सोर सिंह सोर सिंह समिति का गठन किया ओके अब देखिए इस सो सिंह समिति का जब गठन किया गया तो इसने ही सिफारिश दी थी तो जो सिफारिश दी थी बोले कि मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा जाना चाहिए तो देखिए इस समिति की सिफारिशों के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहाँ पर जगह नहीं है थोड़ा सा हम लोग आगे बात करते हैं देखिए अभी आपको बताएंगे वैसे सोर्सिंग समिति है इन्होंने आठ फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में बताया था कितनी आठ फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में बताया था जिसमें से गवर्नमेंट ने तीन को शामिल नहीं किया पांच को शामिल किया था आपको देखने को मिलेगा लेकिन टोटल कितनी फंडामेंटल ड्यूटी आपको देखने को मिलेगी टोटल दस फंडामेंटल ड्यूटी उस समय शामिल की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा तो चलिए हम लोग थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर लेते हैं। तो देखिये अगर हम मौलिक कर्तव्यों की बात करें अगर हम मौलिक कर्तव्यों की बात करें मौलिक कर्तव्यों की अगर हम लोग बात करें तो आपको ये भाग चार में देखने को मिलेगा भाग चार ए में आपको देखने को मिलेगा और इसके लिए एक आर्टिकल जोड़ा गया था आर्टिकल इक्यावन ओके तो ये दो चीजें हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण है आप लोग ध्यान रखिएगा ओके वेरी इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगी अब देखिए इसी में एक इम्पोर्टेंट चीज है कि इसके लिए जोड़ा गया था तो मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान से लिया गया है तो देखिए अगर हम मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो जो लोकतांत्रिक देश होते हैं तो लोकतांत्रिक देश में जितने भी लगभग में संविधान है किसी भी संविधान में मौलिक कर्तव्यों को नहीं बताया गया तो आपसे पूछा जा सकता है कि मौलिक कर्तव्यों को भारतीय अमेरिकी संविधान में जगह दी गई है तो आपको ध्यान रखना है अमेरिका हो गया इसके अलावा आपको फ्रांस देखने को मिलेगा जर्मनी देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेगा ऐसे देश है सब कैसे देश आपको देखने को मिलेंगे लोकतांत्रिक देश देखने को मिलेगा और लोकतांत्रिक देशों के जो संविधान बने हुए हैं उन संविधानों के अंदर मौलिक कर्तव्यों को जगह नहीं दी गई है मौलिक कर्तव्यों को जो समाजवादी देश होते हैं उनमें जगह दी जाती है यानी कि जैसे कि रशिया हो गया चीन हो गया मतलब ऐसे देश होते हैं वहां पर आपको मौलिक कर्तव्यों को जैसे मूल अधिकार होते हैं मूल अधिकार के साथ में मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा जाता है कि बोला जाता है एक दूसरे के पूरक हैं और मौलिक अधिकार हैं वो मौलिक कर्तव्यों के बिना उनका कोई भी महत्व नहीं है वो समाजवादी देश ऐसा मानते हैं क्योंकि समाजवादी देश कहते हैं भाई सबकी संपत्ति है सबकी संपत्ति है तो सबका दायित्व भी तो बनेगा कुछ कर्तव्य भी तो बनेगा राज्य के प्रति कुछ कर्तव्य होना चाहिए तो देखिए हमने इसे किससे लिया हमने इसे सोवियत संघ से लिया क्योंकि समाजवादी देश एक तरह से आपको देखने को मिलेगा तो समाजवादी देश कौन सा है रसिया है तो रसिया कहता है हमारी जिम्मेदारी तुम्हारी प्रति है लेकिन तुम्हारी भी जिम्मेदारी है मतलब नागरिकों की जिम्मेदारी भी राज्य के प्रति कुछ होती हैं तो ये हमने किससे लिया है ये कॉन्सेप्ट हमने सोवियत संघ से लिया है आप लोगों से पूछा जा सकता है तो ध्यान रखिएगा सोवियत संघ से सोवियत संघ से एक कॉन्सेप्ट लिया है यानि की सोवियत संघ के संविधान से हमने ये चीज उठाई है दूसरा आपको देखने को मिलेगा इसको कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर तो इसको जोड़ा गया, लेकिन स्वर्ण सिंह गवर्नमेंट के लिए संविधान के अंदर इसको जोड़ना था तो संसद में एक संविधान संशोधन पारित करना होगा तो बयालीसवा संविधान संशोधन पारित किया गया था तो आपको देखने को मिलेगा बयालीसवा संविधान संशोधन संविधान संशोधन 1976 इसके द्वारा जोड़ा गया आपको देखने को मिलेगा इसके द्वारा 10 आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल इ, इस संविधान संशोधन के द्वारा क्या जोड़ा गया था आर्टिकल इक्यावन ए जोड़ा गया था और आर्टिकल इक्यावन ए में दस मूल कर्तव्यों के बारे में बताया गया था 10 मूल कर्तव्यों के बारे में मूल कर्तव्यों के बारे में बताया गया था और इसके लिए जो ये आर्टिकल है इस आर्टिकल को कहा रखा गया एक अलग से भाग का सृजन किया गया पार्ट का सृजन किया गया कौन सा चार ए एक अलग से भाग बनाया गया यानी कि नीति निर्देशक तत्वों के जस्ट बाद में आपको इसको देखने को मिलेगा इसके अलावा अगर हम बात करें देखिए उस समय कितने इसमें मूल कर्तव्य थे दस मूल कर्तव्य थे फिर एक और संविधान संशोधन होता है छियासीवा संविधान संशोधन दो, दो में होता है और इसके द्वारा एक और मूल कर्तव्य जोड़ दिया जाता है तो देखिए एक और संविधान संशोधन किया जाता है छियासी संविधान संशोधन 2002 आपको देखने को मिलेगा ओके इसके द्वारा 11वां मूल कर्तव्य था फंडामेंटल ड्यूटी हम शॉर्ट में लिख देते हैं तो 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी को एड किया जाता था जोड़ा गया था आखिर एक ग्यारहवीं कर्तव्य को क्यों जोड़ा गया इसकी आवश्यकता क्यों हुई ये भी आपको समझ में आ सकेगा अभी हम लोग जब देखेंगे वन बाई वन तो आप लोग जानते होंगे छियासी संविधान संशोधन है इसके द्वारा शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया था ना थोड़ थोड़ा थोड़ा याद होगा तो आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे वैसे इसको। इसके अगर हम बात करें, इसमें क्या प्रमुख आपको देखने को मिलेगा हाँ एक नोट करके अंदर लिख लीजिए कभी कभार हो सकता है आप लोगों से पूछा जा सकता है कि इसे लोकतांत्रिक देशों के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को समानता जगह नहीं दी गई है तो लिख लीजिएगा इसके एक्सेप्शन आपको एक एक मिनट एक मिनट ये बहुत ज्यादा यहाँ पर हमारा फोन वाइब्रेट कर रहे लोगों के लिए। तो हो सकता है थोड़ा था। घुमा करके क्वेश्चन पूछ ले तो घुमा करके पूछेगा फिर भी आप लोग आंसर कर देंगे तो ध्यान रखना है जो मौलिक कर्तव्य है इन्हें लोकतांत्रिक देशों में जगह नहीं दी गई है भारत भले ही एक लोकतांत्रिक देश है लेकिन लोकतांत्रिक देशों में मौलिक कर्तव्यों को जगह नहीं दी जाती है आपको हो सकता है इस तरह से स्टेटमेंट दे दे। देविधान में मौलिक कर्तव्यों को जगह दी गई है तो उसमें ऑप्शन होगा अमेरिका होगा जर्मनी होगा फ्रांस होगा भारत होगा तो फिर नीचे स्टेटमेंट दे देगा दे दे निम्न में से कौन कौन सा सही है तो देखिए आप लोग क्या कर सकते हैं आंसर गलत कर सकते हैं तो नोट करा देते हैं आप लोगों के लिए तो ध्यान रखिए जो लोकतांत्रिक देश होते हैं ये हैंग कर रहे हैं हम आगे लिख दें कोई समस्या वाली बात तो नहीं है हम आगे लिख देते क्योंकि एक पेज पर बहुत ज्यादा लिखते हैं थोड़ा सा हैंग कर जाता है तो वही नोट के आगे लिख रहे हैं लोकतांत्रिक देश लोकतांत्रिक जो देश होते हैं ओके okay, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि मूल कर्तव्यों को जगह नहीं दी गई है मूल कर्तव्यों को जगह नहीं दी गई है तो आपको कौन कौन से देश देखने को मिलेंगे तो एग्जाम्पल के लिए आप लोग लिख सकते हैं जैसे कि यूएसए जैसे कि अमेरिका इसके अलावा जर्मनी इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया कॉमा फ्रांस कॉमा कनाडा डॉट डॉट डॉट ए लिख लीजिए मतलब जो लोकतांत्रिक देश हैं इनमें मौलिक कर्तव्यों को नहीं बताया गया लेकिन पीछे से आप लोगों से कन्फ्यूज कंफ्यूज हो जाए थोड़ा सा तो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी आप लोगों के लिए तो लिख लीजिए जापान है वहां भी लोकतांत्रिक व्यवस्था है जापान के में भी आपको मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था देखिए उसमें क्यों शामिल किया गया वो भी आपको बता देंगे देखिए लेकिन लेकिन जापान में लेकिन जापान में या जापान के संविधान में जापान के संविधान में संविधान में फंडामेंटल ड्यूटी को शामिल किया गया है फंडामेंटल ड्यूटी को शामिल किया गया है लिख लीजिए आपको बता देते हैं अब देखिए जापान है जापान बेचारा देश उसके ऊपर केवल एक मात्र ऐसा देश आपको देखने को मिलेगा जो दुनिया का एकमात्र देश है जिसने परमाणु हमले का सामना किया और एक बार नहीं बल्कि दो दो बार परमाणु हमले का सामना किया मतलब कितनी त्रासदी हुई थी आज भी आप देखेंगे वहां पर जहां पर हीरो और नागा पर जो बम गिराया गया था परमाणु बम आपको देखने को मिलेगा उसके कारण आज भी वहां पर विकलांग लोग पैदा होते हैं आज भी देखेंगे कि किसी की टांग नहीं होती है किसी का हाथ मोड़ा हुआ हो होता है कि, किसी का मुंह अजीब सा होता है देखने में वो अजीब क्योंकि उनका जेनेटिक परिवर्तन वहां पर हो चुका है थोड़ा सा रेडिएशन के कारण लेकिन एक वो अलग मैटर है तो जापानियों ने वहां पर एक प्रण लिया था कि आज हमारे ऊपर पराणु हमला हुआ तो हुआ लेकिन हम अपने राष्ट्र के लिए जापानी होते हैं वो अपने राष्ट्रप्रेम को बहुत महत्व देते हैं मतलब हमारे यहाँ तो भ्रष्टाचार आम है लेकिन जापान में आपको एक विशेष बात देखने को मिलेगी हमारे यहाँ तो नौकरी लग जाती है हम सरकारी नौकरी क्यों पाते हैं इसलिए नहीं पाते सरकारी नौकरी के, के हमको आ, सेवा करनी है गवर्नमेंट के लिए देश के हित में कार्य करना है बल्कि सरकारी नौकरी इसलिए होनी चाहिए क्योंकि वहां पर जीवन की सुरक्षा होती है काम नहीं करना पड़ता है एक बार नौकरी ले लो फिर समझ सम लो आपके पूछते हैं लोग के लोग होंगे वो सब क्या रहेंगे सिक्योर रहेंगे लेकिन आपको देखने को मिलेगा दूसरी ओर जापान जापान ने प्रण लिया था कि हम अपना पर्सनल काम करेंगे दिन में चार घंटे आठ घंटे छः घंटे दस घंटे बारह घंटे अगर काम करेंगे स्वयं के लिए काम करेंगे लेकिन देश के लिए प्रत्येक दिन कम से कम दो से चार घंटे मुफ्त में कार्य करेंगे वहां के लोग आज भी अपने देश के लिए मुफ्त में कार्य करते हैं वहां पर आज भी आप लोग जाएंगे तो अगर जो दुकानें होती है मॉल होती है वहां पर लोग नहीं रहते हैं वहां पर रखवाली करने के लिए ऐसे नहीं चार लोग बैठे रहते हैं चेकिंग करते हैं अरे कहीं से कोई बिस्किट तो नहीं छुपा करके ले जा रहे हैं हमारे यहाँ तो चार गार्ड लगे हुए होते हैं फिर भी अंदर से कुछ माल चुरा लाते हैं मॉल के अंदर से वहां मॉल में ऐसे जाइए जो भी आपको सामान लेना है सामान लीजिए और पेमेंट करिए अपनी ईमानदारी के साथ तो चीज देखने को मिलेगी इसीलिए जापान के संविधान में कर्तव्यों को जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्यों को इसमें महत्व दिया गया था क्योंकि बोला गया कि भाई हम लोकतांत्रिक देश हैं लेकिन नागरिकों का कर्तव्य बनता है राज्य के प्रति और भारत ने भी बाद में महसूस किया इसको तो भारत ने जब महसूस किया तो भारत ने भी इसको ऐड किया तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें कि कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं मौलिक कर्तव्य हैं वो दिए गए हमारे संविधान में जो हमारी जिम्मेदारी बनती है हमारे कर्तव्य बनता है और सोर्थ सिंह समिति के कौन कौन से जो अनुशंसाएं थी जिनको नहीं माना था तो दोनों चीजें हम लोग देखेंगे फिर हम लोग देखेंगे महत्व के ऊपर फिर आप के क्वेश्चन के ऊपर भी आएंगे तो लिखिए देखिए आपको आर्टिकल इक्यावन ए देखने को मिलेगा आर्टिकल इक्यावन ए कभी भी आप लोग आर्टिकल इक्यावन ए ए को ब्रैकेट में मत लिखिएगा अगर जैसी ही आपने इसको ब्रैकेट में लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा आर्टिकल इक्यावन क्लॉज ए हो जाएगा बल्कि ये पूरा का पूरा आर्टिकल देखने को मिलेगा इसीलिए आर्टिकल इक्यावन को ब्रैकेट में नहीं लिखना है बहुत लोग गड़बड़ी कर देते हैं गलत कर देते हैं लेकिन आप लोग ध्यान रखना है आर्टिकल इक्यावन ए ऐसे लिखना है ना कि इस तरह से ब्रैकेट में लिखना अगर ब्रैकेट लगाते ही क्या बन जाएगा क्लॉज बन जाता है ध्यान रखिएगा ओके तो ये चीज है एक महत्वपूर्ण चीज आप को बता दिए तो देखिए ये तो एक एक अनुच्छेद देखने को मिलेगा अब इसके अंदर 10 पॉइंट बताए गए हैं यानी कि ऐसा नहीं है कि बहुत सारे आर्टिकल को जोड़ा गया आर्टिकल एक ही जोड़ा गया इसी आर्टिकल के अंदर दस बिंदु बताए गए तो बिंदु आप लोग कैसे लिख सकते हैं ए बी सी डी करके लिख सकते हैं और या फिर आप लोग वन टू थ्री करके लिख सकते हैं रोमन संख्याओं में भी लिख सकते हैं किसी भी प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं कोई समस्या वाली बात नहीं है तो चलिए लिखिए पहला पहला डालिए मतलब आप जो भी लिखना चाहते हैं एबीसीडी लिखना चाहते हैं रोमन संख्या लिखना चाहते हैं लिखिए इसमें देखिए पहला जोड़ा गया था तो संविधान के संविधान के आदर्शों संविधान के आदर्शों आदर्शों कौम राष्ट्रध्वज राष्ट्रध्वज कौम राष्ट्रगान का आदर करना नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम का आदर करना आदर करना दूसरा आपको देखने को मिलेगा स्वाधीनता आंदोलन के आदर्शों को स्वाधीनता आंदोलन के आदर्शों को यहाँ पर अंजलि है वो भी आके हैं गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग देखिए आज कई सारे लोग हैं वो आ गए हैं अभी कुछ दिनों से आप लोग गए थे सब तो लिखिए दूसरा लिखिए स्वाधीनता आंदोलन के आदर्शों को आदर्शों को आदर्शों को सजोए रखना और उनका आदर करना सजोए रखना और उनका आदर करना और उनका आदर करना इसी लिखिए भारत की संप्रभुता भारत की संप्रभुता संप्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा करना एकता और अखंडता की रक्षा करना एकता और अखंडता की रक्षा करना अगला लिखिए डी देश की सेवा करना देश की सेवा करना देश की सेवा करना एवं राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान देना इसी में लिखिए राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान देना राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान देना योगदान देना ई लिखिए देखिए ई में आपको तीन पॉइंट देखने को मिलेंगे इसमें इस तरह से ई में तीन पॉइंट इस तरह से आपको लिखने हैं नागरिकों के बीच भाईचारे का विकास करना नागरिकों के बीच भाईचारे का विकास करना विकास करना और ई में ही आपको दूसरा लिखना है थोड़ा सा तेजी हो गया एक मिनट दोबारा रिपीट कर देते हैं आप लोग पाए हो तो नागरिकों के बीच भाईचारे का विकास करना भाईचारे का विकास करना भाईचारे का, भाई का विकास करना अगला लिखिए इसी में ई वाले में दूसरा पॉइंट है लिखिए धार्मिक और भाषाई बहुलता की रक्षा करना धार्मिक और भाषाई बहुलता की रक्षा करना बहुलता की रक्षा करना अब ई में ही आपको तीसरा पॉइंट लिखना है स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करना स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करना यहाँ पर अंजलि बोल रहे ऑफलाइन देख लेते हैं गायब नहीं नहीं ओके घर का काम करना होता है कोई बात नहीं। आप जानते है हैं हैं कुछ लोग जिन्हें घर का काम करना होता है टाइम थोड़ा सा ठीक नहीं है कोई समस्या वाली बात नहीं है चलिए आगे लिखिए मतलब ये ई का तीसरा पॉइंट स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करना प्रथाओं का त्याग करना त्याग करना तो देखिए कितनी अच्छी अच्छी बातें बोली गई हैं कि जो महिलाएं हैं ऐसी जो प्रथाएं चली आ रही हैं जिससे महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचती है या फिर किसी भी प्रकार से उनको हीन भावना से देखा जाता है ऐसी प्रथाओं का नागरिकों को त्याग करना ये उनका एक मौलिक कर्तव्य है उनका ये दायित्व बनता है उन्हें ऐसा करना चाहिए जैसे कि महिलाओं के प्रति उन्हें घर से बाहर ना जाने देना शिक्षा का अधिकार ना देना काम करने का अधिकार ना देना ओके okay, एक चार दीवारी के अंदर रहने देना के बाहर नहीं जा सकते वैसी चीजें आपको देखने को मिलेगा स्वतंत्रता से वो चीजें नहीं पहन पहन सकती कहीं आ, जाने सकती, आ जा नहीं सक आ नहीं सकती नहीं जा नहीं सकती या फिर किसी मंदिरों में नहीं जा सकती पूजा पाठ नहीं कर सकती तो इस तरह की चीजें उनका परित्याग करना एक नागरिक का कर्तव्य होगा इसके अलावा देखिए आपको देखने को मिलेगा एफ आपको देखने को मिलेगा समेकित संस्कृति का विकास करना समेकित संस्कृति समेकित संस्कृति का विकास करना समेकित संस्कृति का विकास करना संस्कृति का विकास करना जी आपको देखने को मिलेगा पर्यावरण की रक्षा करना पर्यावरण की रक्षा करना पर्यावरण की रक्षा करना अगला आपको देखने को मिलेगा मैं वैज्ञानिक मनोवृत्ति वैज्ञानिक मनोवृत्ति मनोवृत्ति एवं मानववादी सोच को बढ़ावा देना मानववादी सोच को बढ़ावा देना सोच को बढ़ावा देना या फिर इसका विकास करना इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट जी एच आई आपको देखने को मिलेगा सामूहिक संप सामूहिक संपत्ति की रक्षा करना सामूहिक संपत्ति की रक्षा करना ऐसा नहीं है कि रेलवे में लिखा है रेलवे आपकी संपत्ति है बोल कि यहाँ से चेयर हमको अच्छी लगे रखी हुई घर ले जाते हैं ऐसा नहीं बल्कि सामूहिक संपत्ति है अगर उसको कोई तोड़ता है फोड़ता है तो उसको रोकना चाहिए नहीं भाई ऐसा करो इस दीवार को मत तोड़ो या फिर इस चेयर को क्यों तोड़ रहे हो या फिर इसमें गद्दा लगा हुआ है आप जा रहे थे बोले कि यार बंदे भारत में बहुत गुदग्दी गद्दी थी हम तो बैठ लिए अब तो हमको दोबारा बैठना नहीं है किराया बहुत ज्यादा था चलो इसको थोड़ा सा फाड़ देते हैं और आपने चाकू लिया उसको फाड़ दिया फिर कोई सामने रहा है तो उसको कोई गंदगी फैला रहा है तो उसको बेरोप कर्तव्य है इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा आई जे आपको देखने को मिलेगा कि व्यक्तिगत व्यक्तिगत एवं सामूहिक सामूहिक क्षेत्र में व्यक्तिगत एवं सामूहिक क्षेत्र में श्रेष्ठता का प्रदर्शन श्रेष्ठता का प्रदर्शन प्रदर्शन करना ओके ये देखिए ये आपका मौलिक कर्तव्य है चाहे वो व्यक्तिगत जीवन हो सामूहिक जीवन हो या फिर सार्वजनिक जीवन हो किसी भी प्रकार का जीवन हो उसमें आपको श्रेष्ठता का प्रदर्शन करना है कुछ लोग सोचते हैं जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि अगर किसी की जॉब लग जाती है जॉब लग जाती है फिर वो आई के इंटरव्यू में जाता है और इंटरव्यू में उससे पूछा जाता है कि ऑलरेडी जब आप एक टीचर हैं तो आप आई क्यों बनना चाहते हैं आप एक पीसीएस अधिकारी हैं तब तो आप एक आई क्यों बनना चाहते हैं या फिर आप अदर किसी ग्रुप ए या फिर ग्रुप बी में आप एक ऑफिसर रैंक भर है फिर भी आप आई क्यों बनना चाहते हैं तो ये तो हमारा कर्तव्य है कि हमको श्रेष्ठता पर जाना है तो संविधान ही कहता है कि उपयोग कर तो कैप, नहीं करेंगे तब तक हम आगे बढ़ते रहेंगे तो कितना अच्छा आपको आपके मौलिक कर्तव्यों में ही बताया गया है ओके तो ये चीज आपको देखने को मिली तो आप लोग बता सकते हैं कि संविधान में भी ऐसी हमसे बात की गई कि कहीं पर रोका नहीं गया है कि अगर आप एक नौकरी प्राप्त कर लेते हैं तो आपको दूसरी में नहीं जाना चाहिए ये हमारे कर्तव्य है कि हमें अपनी पूर्ण क्षमता का दोहन करना है ओके तो इसको जोड़ा गया था छियासी में संविधान संशोधन दो हजार दो के द्वारा इसको जोड़ा गया था इसमें बोला था अभिभावकों का अभिभावक का मतलब कौन होता है जो बच्चे को पालते पोसते हैं जैसे कि माता पिता हो सकते हैं गार्जियंस के रूप में और कोई भी हो सकता है जैसे बड़ा भाई बड़ी बहन हो सकती है दादा दादी हो सकते हैं चाचा चाची हो सकते हैं कोई भी उनसे तत्पर अभिभावकों से अभिभावकों का यह कर्तव्य होगा यह कर्तव्य होगा कि यह कर्तव्य होगा कि वे छे से चौदह वर्ष छे से चौदह वर्ष के बच्चों को छे से चौदह वर्ष के बच्चों को बच्चों को स्कूल भेजें स्कूल भेजें अब देखिए आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल 21 -E ए शिक्षा का अधिकार देता है लेकिन देखिए बच्चों को शिक्षा का अधिकार कम मिलेगा जब अभिभावक होंगे माता पिता होंगे अपने बच्चे को स्कूल भेजेंगे जब वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे तभी तो आपको देखने को मिलेगा बच्चे को शिक्षा मिलेगी अब राज्य है घर में से बच्चे को उठा के थोड़ी ना लेकर के आएगा चल चल बच्चा चल मुन्ना तुझे पढ़ाते हैं जाकर के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत सब सबको सर्व शिक्षा अभियान के तहत सबको पढ़ाया जाएगा अब जो टीचर है वो किसी को घर घर जाकर के तो बुला नहीं सकता है ना यानी कि अभिभावक भाव, अभिभावक होते हैं उनका एक कर्तव्य बनता है ड्यूटी बनती है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजे दाखिला करा दिया अब नहीं बोले चल बकरी बकरी चराने विचार रहे तो ये जब तक इसीलिए इसको बाद में जोड़ा गया था इसकी आवश्यकता है है महसूस हुई छियासीवे संविधान संशोधन के द्वारा दो हजार दो में इसको एड किया गया था तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी और इसी के द्वारा आपको आपको देखने को आपको देखने को को मिलेगा मिलेगा आर्टिकल 21 21 है उधर भी शिक्षा का अधिकार ओके तो चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ये सारी चीजें आपको समझ में आई तो एक बार हम लोग यहाँ पर रिपीट कर लेते हैं तो देखिए आपको देखने को मिलेगा संविधान जो संविधान के जो आदर समाज संविधान में जो आदर दिए रखे हैं इसके अलावा जो हमारी संस्थाएं हैं जैसे कि न्यायपालिका हो गई विधायिका हो गई ओके जो संस्थाएं हैं उनका हमें क्या करना है आदर करना है और साथ में जो हमारा राष्ट्रीय हमारा झंडा हो गया तिरंगा हो गया इन सभी चीजों को हमें क्या करना है आदर करना है इनकी रिस्पेक्ट करनी है ऐसा नहीं कि झंडा ऐसे पैरों के नीचे कुचल रहा है कूड़े में पड़ा हुआ है तो ऐसा नहीं करना है इनका क्या करना है आदर करना है ये व्यक्ति का कर्तव्य आपको देखने को मिलेगा दूसरी ओर आपको देखने को मिलेगा अगर हम बात करें यहाँ पर जो आंदोलन के समय जो आदर्श स्थापित किए गए थे स्वतंत्रता संग्राम के समय जो आदर्श स्थापित किए गए थे, उनका हमें आदर करना है और उनको भविष्य में रखना है। है ऐसे नहीं कि कि भूल गए स्वतंत्रता के समय कौन कौन से आदर्शों को स्थापित करने की बात की जा रही थी इसके अलावा रक्षा करना रक्षा किसकी करना भारत की एकता अखंडता की रक्षा करना एक व्यक्ति का नागरिक का क्या होगा कर्तव्य होगा देश की सेवा करना और राष्ट्रीय आपकी आवश्यकता पड़े तो जैसे की आपदा का समय आ जाए या फिर कोई भी विपरीत परिस्थितिया जाए तो देश के लिए जाकर के आप राष्ट्र हित में जाकर के आप कार्य करें और तीन आपको ये देखने को मिलेगी जैसे कि आपको ई में आपको देखने को मिलेगा भाईचारे का विकास करना है ऐसे नहीं बोले कि चार राम होकर दो लगा करके आप पीछे से बोले ऐसा नहीं करना है बल्कि वो तो बोलना है कि अरे झगड़ा मत करो भाई सब अपने अपने हैं झगड़ा झगड़ा नहीं करना चाहिए समझाना चाहिए यानी कि भाईचारे को क्या करना है बढ़ावा देना है और धार्मिक और भाषाई आधार पर जो बहुलता है उसकी रक्षा करना है ऐसा नहीं कि सभी के सभी क्या आप कर रहे हैं सभी के सभी अब पैंट गोटे पहनेंगे यानी कि हम संस्कृति को बढ़ावा न देकर के और उसको कम कर रहे हैं बोले के सब क्या बोलेंगे इंग्लिश बोलेंगे भोजपुरी बोलता हुआ किसी को देख लिया तो उसको हिंद भावना से देख रहे हैं उसको और ज्यादा हतोत्साहित कर रहे हैं प्रोत्साहित करने के नहीं भाषाई है और धार्मिक आधार पर हमें बहुलता की रक्षा करना है बल्कि प्रोत्साहित करना आ रही भाई दो भोजपुरी बोल रहा है चल यार एक दो सेंटेंस और बता यार बड़े अच्छा लग रहा है सुनते हुए को, कोई गुजराती बोल रहा है तो उससे बोलो अरे यार गुजराती बड़ी मस्त लग रही है और बोलो बल्कि यार ये तो गबार है इसको भोजपुरी आती है और कुछ तो इसको आता ही नहीं है पता नहीं एमए में में में क्या बोलता रहता ऐसा नहीं बोल रहा है इसके अलावा स्त्रियों इस के सम्मान के विरुद्ध जो भी प्रथा उनका त्याग करने की बात करता है कितनी अच्छी अच्छी बातें इसमें बोली गई है इसके अलावा देखिये आपको देखने को मिलेगा समेकित संस्कृति है उसका विकास करना समेकित संस्कृति यही जो अभी हम बता रहे थे समेकित संस्कृति से मतलब है अगर कोई धोती कुर्ता पहन के आ जाता है आपके बीच में तो उसको हीन भावना से नहीं देखना है ऐसा नहीं कि जींस पहन के जो आ रहे हैं वही सभ्य है वही शिक्षित है, है नहीं धोती कुर्ता पहन के आ रहे हैं वो भी शिक्षित हो सकता है वो भी सभ्य हो, हो सकता है क्योंकि वो हमारा पहनावा है तो पहनावा कभी भी सभ्य असभ्य को नहीं दर्शाता है ये चीज आपको देखने को मिलेगी इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि पर्यावरण की रक्षा करना है, बे, है सामूहिक की क्या करनी, करनी है और इसके बाद के में तो आप लोग जानते हैं अभी हम आपको बताए थे अभिभागों का यह कर्तव्य होगा पेरेंट्स का यह कर्तव्य होगा की छह से चौदह वर्ष के जो बच्चे हैं उन्हें स्कूल को भेजे जिससे उन्हें शिक्षा का अधिकार मिल सके आर्टिकल इक्कीस ए के तहत उनको शिक्षा अधिकार मिल सके तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी देखिए अभी हम आपको थे सिंह सिंह समिति समिति है जिसका गठन किया गया था ने आठ आठ आपको देखने को मिलेगा जो आठ मौलिक, मौलिक कर्तव्य हैं उनको शामिल करने की बात की थी तो चलिए एक बार हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसमें सोड़ सिंह समिति सो सोह समिति समिति ने आठ मूल आठ मूल कर्तव्य, कर्तव्य को शामिल करने की की बात कही। मतलब इन्होंने जो रिपोर्ट प्रस्तुत थी, उसमें बोला था कि हमें आठ मूल कर्तव्यों को जोड़ा जाना चाहिए लेकिन इनमें से तीन जो अनुशंसाएं थी उन्हें कांग्रेस ने नहीं माना तो वो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती कि कौन सी वो तीन अनुशंसाएं थी जिनको नहीं माना था जिनको मान लिया वो तो कोई बात नहीं जिनको नहीं माना वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, हो जाती हैं। तो चलिए है, हम लोग देख लेते हैं कि आठ में से तीन अनुसंसाओं को कांग्रेस ने नहीं माना तो कौन कौन सी को नहीं माना नंबर एक आपको देखने को मिलेगा, लिख लीजिए तीन को नहीं माना तीन को नहीं माना नहीं माना तीन अनुशंसाओं को नहीं माना तीन अनुशंसाओं को नहीं माना कौन सी वो तीन थी तो चलिए हम लोग देख लेते हैं जैसे कि आपको देखने को मिलेगा कि संसद है संसद है वो कोई अगर कोई अपने जो मौलिक कर्तव्य है अगर उनका पालन नहीं करता है तो संसद ऐसे नियम कानून को बना बना सकती है ऐसे नियम कानून को बनाए जिससे व्यक्ति के ऊपर अर्थदंड अर्थ दंड अर्थ या फिर सजा सजा का प्रावधान किया जाए ओके जैसे कि आपको देखने को मिलेगा फंडामेंटल ड्यूटी फंडामेंटल ड्यूटी के अनुपालन पर अनु अनुपालन ना करने पर ना करने पर यानी कि अगर कोई अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन ना करे तो संसद उसके ऊपर अर्थ लगाए या फिर सजा का प्रावधान करे ओके ये चीज आपको देखने को मिलेगी दूसरा इसमें बोला गया था कि इस सजा को अदालत की क्षेत्राधिकार से बाहर रखा जाए कि अदालत ऐसा ना करे अदालत जाकर के ऐसा ना किया जाए कि अदालत के क्षेत्राधिकार से इसको बाहर रखा जाए और जो कर अदायगी होती है कर अदायगी कर अदायगी होती है उसे आपको देखने को मिलेगा कि नागरिकों के नागरिकों के मूल कर्तव्य में जोड़ा जाए कर्तव्य जोड़ा जाए यानी कि कर अदाय मतलब पे करना भी क्या होना चाहिए, चाहिए? चाहिए? नागरिक का क्या होना चाहिए एक मौलिक कर्तव्य होना चाहिए लेकिन इसको शामिल नहीं किया गया इसको इन मतलब इन तीनों को शामिल नहीं किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा तो देखिए आज आपको देखने को मिलेगा कि अगर हम इसकी प्रवृत्ति की बात करें अगर हम प्रवृत्ति की बात करें जो मौलिक कर्तव्य है इनकी प्रवृत्ति कैसी है मौलिक कर्तव्यों की तो चलिए हम लोग देख लेते हैं मूल कर्तव्यों की विशेषताएं मूल कर्तव्यों की विशेषताएं अगर हम देखिये विशेषताओं की अगर हम बात करें तो नंबर एक आपको देखने को मिलेगा जो कुछ मूल कर्तव्य है वो तो आपको देखने को मिलेगा कुछ मूल कर्तव्य कुछ मूल कर्तव्य मूल कर्तव्य नागरिक कर्तव्यों के रूप में आपको देखने को मिलेंगे नागरिक कर्तव्यों के रूप में देखने को मिलेंगे और कुछ आपको नैतिक कर्तव्य देखने को मिलेंगे कैसे नैतिक कर्तव्य आपको देखने को मिलेंगे जैसे कि आपको देखने को मिलेगा कि जो स्वतंत्रता संग्राम के समय जो आदर्श थे उनको सजोए रखना और उनका आदर करना एक नैतिक दायित्व हमारा बनता है कि हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अपनी जान भी निशावर कर दी उनके जो आदर्श थे उनको हमें रखना है और साथ में उनका आदर करना हमारे एक बनता है वही नागरिक कर्तव्य भी आपको देखने को मिलेगा जैसे कि कुछ मौलिक कर्तव्य है वो नागरिक कर्तव्यों को दर्शाते हैं जैसे कि आपको देखने को मिलेगा कि जो नेशनल फ्लैग है नेशनल एंथम है इनका सबका क्या करना सम्मान करना ये हमारे नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने राष्ट्रीय जो हमारा झंडा है साथ में जो हमारा राष्ट्रगान है और जो भी हमारा राष्ट्रगीत है इस और जो राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जो हमारी हमारा संविधान है इन सभी का आदर करें ये नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है वही आपको कुछ नैतिक कर्तव्य देखने को मिलेंगे जैसे कि स्वतंत्रता इसमें बताया गया है जो स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को आदर्शों को, आदर्शों का आदर करना और इन्हें सजोए रखना दोनों चीजें लिख लीजिए आदर करना और इन्हें संजोए रखना इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा जो कर्तव्य हैं, जो कर्तव्य हैं, इनमें भारतीय है परंपरा को दिखाई गई इसकी एक मुख्य विशेषता है अब देखिए जैसे कि <Sapartyadvaryan> स्त्रियों का सम्मान करना इसके अलावा पर्यावरण की रक्षा करना ये हमारी भारतीय संस्कृति को दिखाता है जैसे कि हम पर्यावरण को पहले से गंगा के रूप में हम पूजते आए हैं बरगद का पेड़ हो गया नीम का पेड़ हो गया हम प्रकृति की पूजा करते आए हैं हम पानी की भी पूजा करते हैं बायो की भी पूजा करते हैं हम सभी चीजों की पूजा करते हैं यानी कि आपको देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति को भी दिखाता है और इसमें बोला गया है कि भाषाई आधार पर और सांस्कृतिक आधार पर हमें क्या करना है उसको बढ़ावा देना है भाईचारे को बढ़ावा देना है ये तो हमारी भारतीय परंपरा में है सर्वधर्म संभव यह आपको देखने को मिलेगा यानी कि एक तरह से इसमें जो चीजें बताई गई है उनमें मैक्सिम चीजें कैसी हैं भारतीय जीवन पद्धति को भारतीय जीवन पद्धति को जीवन पद्धति को दर्शाती है और ये आपको आंतरिक कर्तव्यों के रूप में देखने को मिलेंगी आंतरिक कर्तव्यों के रूप में देखने को मिलेंगे कर्तव्यों के रूप में देखने को मिलेगी देखने को मिलेगा जैसे देखिए मूल कर्तव्य है ना ये सिर्फ और सिर्फ नागरिकों के लिए हैं विदेशियों के लिए नहीं जैसे अगर हम मौलिक अधिकारों की बात करें जो मौलिक अधिकार है वो नागरिकों के लिए भी है और कुछ आपको उसमें देखने को मिलेंगे जो विदेशी लोगों के लिए भी है जैसे कि अगर हम मौलिक अधिकारों की बात करें मौलिक अधिकारों की बात करें तो नागरिकों के लिए भी हैं नागरिकों के लिए तो सभी मौलिक अधिकार नागरिकों के लिए हैं लेकिन कुछ मौलिक अधिकार हैं जो विदेशी लोगों के लिए भी दिए गए हैं जो विदेशी लोगों के लिए भी दिए गए हैं जैसे कि आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल चौदह आर्टिकल आपको 20 देखने को मिलेगा 21 देखने को मिलेगा 22 देखने को मिलेगा 23, 24, 25, 26 और 27 और 28, ओके, okay? नहीं दिए रखे हैं। तो आपको देखने को मिलेगा ये विदेशियों के लिए भी प्राप्त है और नागरिकों के लिए भी प्राप्त आपको देखने को मिलेंगे तो कितनी इंपॉर्टेंट चीजें लेकिन अगर हम वही बात करें मौलिक कर्तव्यों की बात करें मौलिक कर्तव्यों की बात करें ये मौलिक कर्तव्य सिर्फ और सिर्फ नागरिकों से अपेक्षा की जाती है इसकी विदेशियों के लिए मौलिक कर्तव्य नहीं है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए मौलिक कर्तव्य है सिर्फ और सिर्फ नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य है विदेशी के लिए नहीं <खँँँ> आप भाई सम्मान करें ना करें कोई मतलब नहीं हमारे देश के नागरिक है उन्हें सम्मान करना जरूरी है तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा चौथा पॉइंट जो मौलिक कर्तव्य है मौलिक कर्तव्य है गैर न्यायचित प्रकृति प्रकृति के के आपको आपको देखने देखने को को मिलेंगे मिलेंगे न्यायोचित जैसे कि किम एस डी पी एस पी देखिये डीपीएसपी है वो भी गैर न्यायचित प्रकृति के आपको देखने को मिलेंगे वैसे ही आपको मौलिक कर्तव्य भी यानी कि मौलिक कर्तव्यों का अगर कोई पालन नहीं करता है तो वो न्यायालय नहीं जा सकता है यानी कि मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन होने पर व्यक्ति है वो न्यायालय जाकर के इसे लागू नहीं करा सकता है क्योंकि ये न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है न्यायालय इन्हें लागू नहीं कर सकता है तो गैर न्यायित प्रकृति के आपको ये देखने को मिलेंगे तो एक इंपॉर्टेंट चीज थी, थी इसके अलावा अगर हम देखिये कमियों की बात करें तो लिखिए कमियां या फिर आलोचनाएं मौलिक कर्तव्यों मौलिक कर्तव्यों की आलोचनाएं आलोचनाएं या फिर कमियां आप लोगों से मेंस में पूछा जाएगा तो आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं तो देखिए बहुत सारी कमियां भी देखने को मिलेंगी तो मुख्य मुख्य लिख लेते हैं तो नंबर एक लिखिए भारत के संविधान में भारत के संविधान में यहां पर मधु है वो आ गए हैं गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग तो देखिए हमारे जो मौलिक कर्तव्य दिए रखे हैं इनमें कौन कौन सी कमियां हैं आलोचना किन आधारों पर की जाती है वो भी हम लोग देख लेते हैं तो आलोचकों का क्या मानना है हो सकता है आपको ये स्टेटमेंट दे देगा और स्टेटमेंट दे करके पूछेगा कि अपना विचार व्यक्त करें या फिर इस कथन की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए समालोचनात्मक विवेचना कीजिए टिप्पणी कीजिए इसी तरह से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये स्टेटमेंट के रूप बहुत बार पूछा गया है और भविष्य में पूछने की संभावना बनी रहती है और आपको देखने को मिलेगा जो बर्मा समिति का गठन किया गया था उससे क्वेश्चन पुछन की संभावना बहुत ज्यादा रहती है वो भी अभी आप लोग के लिए दिखाएंगे ओके okay? तो देखिए आपको देखने को लिखिए नंबर भारत के संविधान में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों का पालन ना करने पर मौलिक कर्तव्यों का पालन ना करने पर ना करने पर किसी दंडात्मक व्यवस्था का प्रावधान नहीं किया गया है किसी दंडात्मक व्यवस्था का प्रावधान नहीं किया गया है किया गया है सोर सिंह समिति ने भी सोर सिंह समिति ने भी इसकी अनुशंसा की थी यानी कि सोर्सिंग समिति ने बात की थी ना कि संसद है अगर मौलिक कर्तव्यों का पालन अगर नागरिक ना करे तो उनके ऊपर अर्थ यानी कि जुर्माना लगा सकते हैं या फिर सजा का भी प्रावधान कर सकते हैं लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ये नहीं माना था ओके तो देखिए आपको इस आधार पर भी आलोचना की जाती है कि देखिये इसी कारण लोग अगर अगर लोग है अगर वो अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन ना करे तो इसका महत्व भी क्यों इसको डालाई क्यों आखिर यहाँ पर तो एक तरह से इसको नैतिक कर्तव्य माना बोल कि भाई नैतिकता के तौर पर आपको बता दिया गया पालन करो तो करो करना कोई बात नहीं तो इस आधार पर आलोचक क्या करते हैं आलोचना करते हैं आलोचक कहते हैं कि इसे भाग चार में भाग भाग चार के बाद में इसको ऐड करना सबसे बड़ी भूल है इसको भाग तीन के बाद भाग जो तीन है उसके जस्ट बाद एड किया जाना चाहिए था तो इसकी महत्ता क्या हो जाती बढ़ जाती है ये आलोचकों का मानना है हम देखिए किस तरह से काउंटर करेंगे वो भी आप लोगों के बताएंगे तो चलिए दूसरा लिखिए मौलिक कर्तव्य कई जगह मौलिक कर्तव्य कई जगह अस्पष्ट आस्पष्ट कौमा बहुअर्थी बहुअर्थी हैं मौलिक कर्तव्य कई जगह अस्पष्ट आस्पष्ट आस्पष्ट एवं बहुअर्थी हैं बहु अर्थी हैं एवं और कई बहुअर्नमें दोहराओ दिखता है और कई इन में दिखता है मतलब कई बार हम मौलिक कर्तव्यों को अगर पढ़ेंगे ना तो उनका जो सार निकल के आता है वो एक जैसा ही सार आपको देखने को मिलेगा कई बार आपको आप लोग देखिए जैसे कि बार बार बोला गया कि हमारी संस्थाओं का आदर करे देश की एकता अखंडता का सुरक्षा करें तो इस तरह से आपको करता और मिलेगा की सामूहिक संपत्ति है उसकी सुरक्षा करे देश की एकता अखंडता की सुरक्षा करेंगे लोक व्यवस्था को बना करके रखेंगे तभी तो देश की एकता अखंडता बनी रहेगी ना और अगर देश की एकता अखंडता बना करके रखना है तो जाहिर सी बात है हमको भाईचारे को बढ़ावा देना भा, भाईचारे को बढ़ावा देना होगा इसमें अलग से पॉइंट को ऐड किया गया भाईचारे को बढ़ावा उनका अगर अगर तो देना देना तो सार, सार के निचोड़ एक ही आता है तो बार बार उनका रिपिटेशन देखने को मिलता है दोहराव देखने को मिलता है इस वजह से आलोचक इसकी आलोचना करते हैं देखिए बहुअर्थी का मतलब क्या है बहुअर्थी का मतलब है कि एक अर्थ है वो स्पष्ट नहीं है और कई कबार उसके कई मतलब निकलते हैं बहु अर्थ निकलते हैं जैसे कि उच्च आदर्श आखिर उच्च आदर्श तात्पर्य क्या है उच्च आदर्श क्या है इसको इस स्पष्ट नहीं किया गया इसमें इस स्पष्टता नहीं देखने को मिलेगी बहु अर्थ ही आपको देखने को मिलेगा लोग अपने अपने हिसाब से इसको डिफाइन कर सकते हैं उच्च आदर्शों को ओके उच्च आदर्श जैसे कि आपको देखने को मिलेगा समग्र संस्कृति समग्र संस्कृति अब ये समग्र समग्र संस्कृति से तात्पर्य क्या है इससे बहुअर्थी हो सकता है लोग अपने अपने हिसाब से इसको डिफाइन कर सकते हैं जब इसकी व्याख्या की जाएगी तो इसकी व्याख्या बहुत ज्यादा विस्तृत हो जाएगी अगर इसकी जगह एक साधारण शब्द का यूज किया जाता है तो, तो ज्यादा बेटर रहता इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा वैज्ञानिक दृष्टिकोण वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे ये बहुअर्थी और कई जगह पर इनमें अस्पष्टता पाई जाती है तो इस आधार पर आलोचक क्या करते हैं है? कि सरल भाषा का उपयोग किया जाना चाहिए जब नागरिकों के कर्तव्यों को ही बताना है नागरिकों के लिए ही और नागरिक ही अगर उन भाषाओं को अगर समझने में सक्षम ना हो तो वो उनका पालन कैसे करेंगे अब देखिए हमें ही हमारी कर्तव्यों को बताया जा रहा है लेकिन जब हम अपने कर्तव्य पढ़े और हमको समझ भी नहीं आए यार हमारा कर्तव्य क्या है हम अपने हिसाब से अगर इसकी व्याख्या कर ले हम अपने हिसाब से व्याख्या कर ले और बोल दे ये तो हमारा मौलिक कर्तव्य तो इसमें स्पष्टता होनी चाहिए थी ना जो इसमें आलोचक इस आधार पर आलोचना करते हैं चलिए तीसरा लिखिए अनेक महत्वपूर्ण विषय जो अनेक महत्वपूर्ण विषय जो नागरिक के कर्तव्यों से अनेक महत्वपूर्ण विषय जो नागरिक के कर्तव्यों से संबंधित हैं नागरिकों के कर्तव्यों से नागरिकों के कर्तव्यों से संबंधित हैं उन्हें मौलिक कर्तव्यों में स्थान नहीं दिया गया है उन्हें मौलिक कर्तव्यों में स्थान नहीं दिया गया है अनेक महत्वपूर्ण विषय जो नागरिक के कर्तव्यों से संबंधित हैं, उन्हें नागरिक कर्तव्यों में स्थान नहीं दिया गया है जैसे जैसे मतदान का अधिकार जैसे मतदान का अधिकार मतदान का अधिकार कौमां कर अदायगी कौमा कर अदायगी कर अदायगी कौमा परिवार नियोजन लोग इतनी जनसंख्या बढ़ाते जा रहे हैं परिवार नियोजन को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए तो भाई ये नागरिकों का कर्तव्य है कि हम दो हमारे दो तक सीमित रहे हम दो हमारे दस्तों तक सीमित ना रहे तो क्या है ये क्या होने चाहिए ऐसे कुछ कर्तव्य हैं उनको भी इसमें बताया जाना चाहिए था तो जैसे कि कर की अदायगी हो गया इसके अलावा परिवार नियोजन हो गया मतदान का अधिकार हो गया मतलब मत देने का मतलब मत मत देने का अधिकार तो वैसे कानूनी अधिकार है लेकिन मत देना क्या होना चाहिए एक आपका कर्तव्य होना चाहिए उसको इसमें शामिल किया जाना चाहिए था ये ये आलोचकों का मानना है जिनको इसमें शामिल नहीं किया गया था नहीं किया गया तो हो सकता है भविष्य में शामिल कर दिया जाए अगर नहीं किया गया तो भी कोई बात नहीं हम लोग देखेंगे आगे इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि आलोचक हैं वो और आधारों पर भी इसकी आलोचना करते हैं चौथा पॉइंट है शायद चौथा लिख लीजिए चौथा लिख लीजिए मौलिक कर्तव्यों को शामिल करना मौलिक कर्तव्यों को, को संविधान में शामिल करना मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल करना शामिल करना आलोचकों ने आलोचकों ने अतिरक करार दिया करार दिया मतलब उन्होंने कहा है इसका कोई महत्व नहीं है इसमें ऐड किया जाना क्योंकि बहुत सारे नियम कानून पहले से ऐसे बने हुए हैं जो तो मौलिक कर्तव्यों की कोई आवश्यकता नहीं होती है और कई आधारों पर भी बोला जाता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबको स्वैच्छिक होना चाहिए यहाँ पर मौलिक कर्तव्य बताने का कोई तात्पर्य नहीं बनता है तो ऐसी बातें बोली जाती हैं इसी वजह से बोला गया कि लोकतांत्रिक देश है अन्य लोकतांत्रिक देशों के संविधान में इसको शामिल नहीं किया गया है इस आधार पर भी आलोचना की जाती है तो भारत के संविधान में भी इसको शामिल नहीं किया जाना चाहिए था तो ऐसा बोला जाता है तो चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं लेकिन थोड़ा सा महत्व भी देख लेते हैं लिखिए मौलिक कर्तव्यों का महत्व डालिए मौलिक कर्तव्यों का मौलिक कर्तव्यों का का महत्व कि इसका कोई महत्व भी है क्या तो हम लोग देखते हैं महत्व को देख लेते हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण आपको देखने को मिलेगा मेंस का क्वेश्चन यहां से पूछा पूछा जा सकता है मौलिक कर्तव्यों के महत्व को सुस्पष्ट करें टिप्पणी करें तो लिखिए नंबर एक नंबर एक अधिकार और कर्तव्य परस्पर पूरक होते हैं अधिकार और कर्तव्य परस्पर पूरक होते हैं परस्पर पूरक होते हैं परस्पर पूरक होते हैं, पर हैं। कर्तव्यों के बिना अधिकारों को लागू नहीं किया जा सकता अधिकार और कर्तव्य परस्पर पूरक होते हैं परस्पर पूरक होते हैं परस्पर पूरक होते हैं कर्तव्यों के बिना अधिकारों को लागू नहीं किया जा सकता कर्तव्यों के बिना अधिकारों को लागू नहीं किया जा सकता दूसरा लिखिए मौलिक कर्तव्य मौलिक कर्तव्य सामाजिक समर समरता और मेल झोल को मौलिक कर्तव्य सामाजिक समरसत्ता सामाजिक समरसत्ता और मेल झोल को बढ़ाने के लिए जरूरी है मेल झोल को बढ़ाने के लिए जरूरी है यानी कि समाज में भाईचारे को बढ़ाने के लिए जरूरी है <laughs> वैसे भाईचारा तो हम लोगों में बहुत कुट कुट के भरा हुआ होता है तीसरा तीसरा लिख के आपको देखने को मिलेगा लोकतांत्रिक प्रणाली की सफलता के लिए भी लोकतांत्रिक प्रणाली की सफलता के लिए भी लिए भी लोकतांत्रिक प्रणाली की सफलता के लिए भी मौलिक कर्तव्यों का होना आवश्यक हो जाता है मौलिक कर्तव्यों का होना आवश्यक हो जाता है आवश्यक हो जाता है चौथा लिखिए पर्यावरण की रक्षा में भी पर्यावरण की रक्षा में भी पर्यावरण की रक्षा में भी में भी मौलिक कर्तव्य मौलिक कर्तव्य योगदान देते हैं मौलिक कर्तव्य योगदान देते हैं पांचवा लिखिए स्त्रियों की स्थिति में सुधार के लिए स्त्रियों की स्थिति में सुधार के लिए सुधार के लिए सुधार के लिए, सुधार के लिए, सुधार के लिए उपयोगी होते हैं भी ए उपयोगी होते हैं भी ए उपयोगी होते हैं आगे लिखिए छठा पॉइंट इससे देश की उन्नति और सुरक्षा को बढ़ावा मिलता है इससे देश की उन्नति और सुरक्षा को बढ़ावा मिलता है इससे देश की उन्नति और सुरक्षा को बढ़ावा मिलता है बढ़ावा मिलता है देखिए एक क्वेश्चन आप लोगों को लिखना है मींस के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है आप लोग लिखने का प्रयास करिएगा आप लोग बहुत आसानी से लिख देंगे अगर आप एक दो बार जो अभी हमने आपको मौलिक अधिकार लिखाए हैं ना एक दो अखबार पढ़ेंगे तो आप इसको कनेक्ट कर पाएंगे अगर आप लोगों ने अगर थोड़ा भी अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा है तो इसका आप लोग बहुत ही बेहतरीन आंसर लिख सकते हैं तो चलिए लिख लीजिए और वैसे जब हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो आप लोगों को इसको बहुत अच्छे से इसका आंसर भी मिल जाएगा मौलिक कर्तव्य मौलिक कर्तव्य अपने रूप में अपने रूप में भारतीय संस्कृति अपने रूप में भारतीय संस्कृति संस्कृति के के मूल्यों का ही मूल्यों का ही प्रतिनिधित्व करते हैं प्रतिनिधित्व करते हैं ओके तो देखिए जैसे कि आपको देखने को मिलेगा कि इसमें जो ये बातें जो बोली गई हैं वो कहीं ना कहीं हमारी भारतीय संस्कृति को ही दर्शाते हैं जैसे कि पर्यावरण की रक्षा तो हमारी में ये हमारे मूल में है हमारे मूल में है जैसे कि प्रकृति की हम लोग बहुत ज्यादा हम लोग इसको बढ़ावा देते थे हम लोग प्राचीन काल से ही पर्यावरण के विभिन्न तत्वों को पूजते आए हैं जैसे कि अभी हम आपको थोड़ी देर पहले भी बताए थे जैसे कि पीपल का पेड़ हो गया बरगद का पेड़ हो गया नीम का पेड़ हो गया इनको हम लोग पूजते आए हैं हम जीव हत्या जो होती है उसको हम लोग नकारते हैं हम युगो, युगो से बोलते चले आ रहे हैं हम पशुओं की भी पूजा करते हैं आपको देखने को मिलेगा तो आप लोग बोल सकते हैं साथ में समेकित संस्कृति सर्वधर्, सर्वधर्म संभाव समेकित संस्कृति जैसे कि भारत के अंदर बहुत सारे धर्म हैं, वो रहते हैं अंग्रेज जब भारत छोड़ के गए थे तो वो बोले थे कि भारत कभी एक राष्ट्र पुरुष नहीं बन सकता एक देश बन सकता है राज्य बन सकता है लेकिन एक राष्ट्र पुरुष नहीं बन सकता राष्ट्रपुर क्यों नहीं बन सकता क्योंकि एक राष्ट्र बनने के लिए देश की एक जैसी संस्कृति का होना आवश्यक होता है तभी लोगों के अंदर इस प्रकार की भावना आती है राष्ट्रप्रेम की लेकिन हम लोगों ने क्या अनेकता में एकता को हमने सिद्ध करके दिखा दिए कि हम हैं हम भाषाई आधार पर धार्मिक आधार पर संस्कृति के आधार पर विभिन्न आधारों पर अलग हो सकते हैं लेकिन भावना हमारी क्या है हम भारतीय की हमारे अंदर भावना है तो विभिन्न धर्म आपको देखने को मिलेगा बहुत से धर्म है दूसरा बहुलता की रक्षा बहुलता की रक्षा आपको देखने को मिलेगा हम अतीत से अगर हम बहुलता की रक्षा नहीं करते तो भारत के अंदर आपको देखने को मिलेगा चार हजार से अधिक जो बोलियां हैं वो नहीं बोली जाती यहां तक कि हमारे संविधान के अंदर भी बाईस भाषाओं को शामिल किया गया है और वैसे भारत के अंदर हजारों भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें से सैकड़ों भाषाओं को मिला करके तो एक हिंदी मान ली गई है तो आपको देखने को मिलेगा बहुलता की अगर रक्षा नहीं करते तो आज भारत के अंदर बहुत सारी जातियां नहीं होती इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा पर्यावरण की रक्षा जैसा कि इसमें मौलिक कर्तव्यों में बताया गया पर्यावरण की रक्षा की रक्षा तो हम गंगा की पूजा करते आए हैं मतलब जल की पूजा करते हैं अग्नि की पूजा करते हैं वायु की पूजा करते हैं तो हम प्रकृति की पहले से पूजा करते आए हैं हम इसको क्या करते हैं एक तरह से हम इसका संरक्षण करते हैं प्रकृति का, पेड़ की पूजा। ओके, इस तरह से आप लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं तो आप लोग बता सकते हैं कि हड़प्पा काल से हम लोग प्रकृति की पूजा करते आए हैं इसके साक्ष्य मिलते हैं तो आप विभिन्न साक्ष्यों के बारे में बता सकते हैं जैसे कि मोहन से जो एक मुहर मिली थी जिसमें पशुपति की मूर्ति को दर्शाया गया है जिसमें वृक्षों को भी खास करके जो पीपल के वृक्ष हैं उनको खास तौर पर उसमें दर्शाया गया है तो आप लोग बता सकते हैं कि हम अतीत काल से ही प्रकृति को संरक्षण देते चले आए हैं तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी ओके चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं एक महत्वपूर्ण चीज बची है छोटी सी चीज बची है हम उसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं देखिये अगर हम बात करें बरमा समिति की बरिमा समिति की समिति की टिप्पणी की अगर हम बात करें तो वर्मा समिति ने कौन कौन सी टिप्पणियां की थी वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं इसका गठन 1999 के करीब में आपको देखने को मिलेगा देखिए भले ही जो मौलिक कर्तव्य है वो एक तरह से परिवर्तनीय नहीं है मतलब न्यायचित प्रकृति के नहीं है गैर न्यायचित प्रकृति के आपको देखने को मिलेगी यानी कि न्यायालय से आकर नहीं लागू कराया जा सकता लेकिन ऐसा नहीं है हमारे भारत के अंदर विभिन्न इस प्रकार के नियम कानून हैं समय समय पर संसद के द्वारा पारित किए गए हैं जिनके माध्यम से जो मौलिक कर्तव्य है उन वो कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं नागरिकों के ऊपर चलिए हम लोग देख लेते हैं कैसे तो बर्मन समिति ने टिप्पणी की थी तो पहचानों की पहचान इसमें लिख लीजिए बर्मन समिति की टिप्पणी में मूल कर्तव्यों की पहचान व उनके क्रियान्वयन के लिए मूल कर्तव्यों की पहचान बा उनके क्रियान्वयन के लिए क्रियान्वयन क्या, के लिए कानूनी प्रावधानों को लागू करने की कानूनी प्रावधानों को लागू करने की व्यवस्थाएं की जो निम्नलिखित हैं जो निम्नलिखित हैं तो देखिए बर्मन समिति ने बोला कि ऐसे हमें किसी भी इसको मतलब न्यायोचित बनाने की आवश्यकता नहीं है तो क्योंकि पहले से पहले से ही बहुत सारे नियम कानून हैं जो मौलिक कर्तव्यों को वास्तव में व्यवहार में लागू करते हैं कानूनी रूप से तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से नियम कानून आपको देखने को मिलेंगे संसद के द्वारा जो पारित किए गए जैसे कि पहला देखने को मिलेगा राष्ट्रीय गौरव अपमान गौरव अपमान अपमान निवारण अधिनियम निवारण अधिनियम निवारण अधिनियम उन्नीस सौ तो, आपको देखने को मिलेगा देखिए इसमें बोला गया राष्ट्रीय गौरव राष्ट्रीय गौरव से तात्पर्य क्या है अगर आप संविधान राष्ट्रीय गौरव की चीजें जैसे कि संविधान हो गया राष्ट्रीय प्रतीक हो गया न्यायपालिका हो गई या फिर हमारा राष्ट्रीय गीत हो गया राष्ट्रीय ध्वज हो गया मतलब जो भी चीजें हैं अगर इनका अपमान करते हैं तो इसमें कानूनी प्रावधान किया गया है इससे दंडात्मक बताया गया है और ना केवल एक सिर्फ जुर्माना इसमें लागू किया जाता है बल्कि जुर्माने के साथ में यहाँ पर इसको अपराधिक दंड के रूप में इसको परिभाषित किया गया है और यहाँ पर सजा का प्रावधान भी किया गया है विभिन्न चीजों की जैसे कि अगर आप झंडे को फाड़ करके पैर के नीचे डाल देते हैं या फिर आप झंडे का अपमान करते हैं झंडे को आप किसी गंदी जगह पर आप फेंक देते हैं तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी इसी तरह से और सारी चीजें हम झंडे का एग्जाम्पल दिए हैं तो आप इस तरह का नहीं जैसे कि हमारा राष्ट्रीय है राष्ट्रीय गाने इसको आप दूसरी तरह से इंटरप्रेट करके आप लोगों को नहीं सुना सकते हैं तो इस तरह से नहीं किया जा सकता ओके ये चीज आपको देखने को मिलेगी दूसरा आपको देखने को मिलेगा सिविल अधिकार संरक्षण सिविल अधिकार सिविल अधिकार संरक्षण संरक्षण अधिनियम संरक्षण अधिनियम ये 1955 में आता है ओके इसमें बोला गया है कि जाति धर्म जाति एवं धर्म धर्म से संबंधित अपराधों पर से संबंधित संबंधित अपराधों पर दंड की बात करता है ओके ये चीज आपको देखने को मिलेगी ओके और जाति और धर्म का अगर एक तरह से इसमें उपयोग किया जाता है तो इसे अपराध के रूप में माना सिविल अधिकारी के रूप में आपको देखने को मिलेगा जैसे कि आपको कुछ एग्जांपल बता देते हैं जैसे कि किसी व्यक्ति को जैसे एस टी वर्ग के लोग हैं उनके लिए इस तरह से बोलना की आपको देखने को मिलेगा उनको बैसिया बोलना या फिर तेली बोलना धोबी बोलना मतलब इस तरह से अभद्र रूप से उन, उनको आ, मतलब एक तरह से बोलना तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती तो इसको चीजेंगत इस तो तो अधिकार संरक्षण में बोला इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि आईपीसी आईपीसी घोषणा करती है लिख लीजिए यहाँ पर आईपीसी मतलब इंडियन पीनल कोड भारतीय दंड संहिता ब्रेकेट में लिख लीजिए जिन लोगों को ना पता हो भारतीय दंड संहिता घोषणा करती है घोषणा करती है राष्ट्रीय अखंडता के लिए राष्ट्रीय अखंडता के लिए अखंडता के लिए पूर्वाग्रह से गिरसित पूर्वाग्रह से गिरसित सित अभ्यारोपण अभ्यारोपण या अभिकथन अभिकथन अभिकथन दंडात्मक अपराध होगा दंडात्मक अपराध होगा यानी कि देखिए पूर्वाग्रह से गिरसित होकर के इस तरह का कोई भी अभिकथन अभिकथन का मतलब होता है स्टेटमेंट दिया जाता है या फिर इस प्रकार की कोई टिप्पणी की जाती है तो वो क्या होगा दंडात्मक माना जाएगा मतलब ए, किसी भी प्रकार से बोलना कि हाँ इस आधार पर किसी चीज को सही ठहराना मतलब प्राचीन कहानी के आधार पर कथा के आधार पर ए, इस चीज को सही ठहराना तो वो चीज आपको देखने को मिलेगा सबका सब क्या माना जाएगा अपराध माना जाएगा मतलब पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के ऐसा कुछ भी नहीं बोला जा सकता चौथा आपको देखने को मिलेगा विधि विरुद्ध क्रियाकलाप विधि विरुद्ध विधि विरुद्ध क्रियाकलाप क्रियाकलाप अधिनियम 1976 देखिए इसमें बोला गया है ना किसी भी सांप्रदायिक संगठन को किसी भी सांप्रदायिक संगठन को अवैध घोषित किया जा सकता है विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम के अंतर्गत किसी भी किसी भी धार्मिक या फिर सांप्रदायिक सांप्रदायिक संगठन को गैर कानूनी घोषित किया जा सकता है गैर कानूनी घोषित किया जा सकता है जैसे आप लोगों ने अभी सुना होगा पीएफआई, जो पीएफआई है उसके लिए क्या एक तरह से घोषित करने की बात की जारी है गैर कानूनी घोषित करने की बात की जारी है उसको ओके इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम लोक प्रतिनिधित्व प्रतिनिधित्व अधिनियम अधिनियम ओके ये बोलता है कि जो पार्लियामेंट मतलब जो संसद है संसद एवं जो विधान मंडल है विधान मंडल है इसके सदस्यों को इसके सदस्यों को अयोग्य घोषित करता है अयोग्य घोषित करता है क्या करता है घोषित करता है किस आधार पर अगर कोई भी सदस्य है जो संसद का सदस्य हो फिर या फिर जो राज्य की विधायिकाएं हैं उनका कोई सदस्य है, वो धर्म या जाति के आधार पर वोट मांगता है जाकर के या फिर चुनाव प्रक्रिया के, के दौरान जाति और धर्म का उपयोग करता है तो उसको अयोग्य घोषित किया जाएगा और ये भी क्या होगा दंडात्मक होगा इसमें धर्म जाति भाषा लिंग इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है और साथ में आपको भ्रष्टाचार भी इसमें ऐड किया गया है ओके तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी इसके अलावा छठा आपको देखने को मिलेगा वन जीव संरक्षण अधिनियम संरक्षण अधिनियम ये 1972 आपको देखने को मिलेगा ये बोलता है व्यापार जो भी व्यापार है उसको प्रतिषेध करता है प्रतिशित करता है देखिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम इसमें बोला गया है कि जैसे कि नागरिकों का कर्तव्य होगा कि वो पर्यावरण की रक्षा करें लेकिन वही वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत इसको अगर कोई व्यक्ति है वो पेड़ काटता है जंगलों में जाकर के अवैध रूप से उसकी तस्करी करता है पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है तो इसके अंतर्गत उसको सजा का प्रावधान है तो आपको ये देखने को मिलेगा इसी इसी तरह से आपको वन अधिनियम देखने को मिलेगा वन अधिनियम जैसे कि पुष्पा वो चंदन की तस्करी करता है जाकर के तो पर्यावरण को क्षति पहुंचाना वैसे पर्यावरण की रक्षा करना क्या है एक मौलिक कर्तव्य है लेकिन अगर ये मौलिक कर्तव्य का कोई पालन ना करे तो आपको देखने को मिलेगा वो गैर न्याय है लेकिन अगर इसके तहत आपको देखने को मिलेगा उसको दंड दिया जा सकता है यानी कि ये सारे के सारे ये अधिनियम है नियम है जो विभिन्न बने हुए तो कुछ एग्जाम्पल दिए हैं इसी तरह से बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे इन सभी के सभी क्या है कहीं ना कहीं मौलिक कर्तव्यों को ही लागू करते हैं कानूनी रूप से तो हमको को कोई अलग से इसको कोई नियम कानून की आवश्यकता नहीं है वर्मन समिति ने कहा हमें किसी नियम कानून की आवश्यकता नहीं है कि उसको हम ला करके अलग से ला करके मौलिक कर्तव्यों को कानूनी रूप से लागू कराए बल्कि ये प्रावधान पहले से ही विभिन्न कानूनों में दिया जा चुका है तो इस वजह से आपको ये चीज आपको देखने को मिलेगी तो हमें इसको न्यायचित बनाने की आवश्यकता नहीं है तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी समझ में आया <coughs> तो चलिए आज की क्लास से वो चलिए यहाँ पर ही तो है आज था, आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी और इसी तरह से आप लोग मेन्स का आंसर भी लिख सकते हैं इसी आधार पर ओके जो कमियां है कमियां भी आपसे पूछी जा सकती है आलोचनाएं भी पूछी जा सकती है मैथ तो भी पूछा जा सकता है और जो स्टार्टिंग में पॉइंट वो स्टार्टिंग में पॉइंट्स पीटी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं समिति के बारे में, जाएगा, पीटी में जाएगा। बस इतना ही आप लोग पढ़ लीजिए आप लोगों के लिए सफिशियंट रहेगा ओके तो चलिए और किसी को डाउट है तो वो पूछ सकते हैं अन्यताज की क्लास को यहाँ पर ही ओवर करते हैं ओके अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं अन्यथा फिर हम लोग क्लास को ऊपर करते हैं ओके तो चलिए आप लोगों का डाउट नहीं है तो क्लास को यहाँ पर ही ऊपर करते हैं ओके